यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है ऑप्शन आपके सामने है पेरिस ऑप्शन बी रोम ऑप्शन सी न्यूयॉर्क ऑप्शन डी नेपाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरिस दोस्तों तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है और पूछा जाता है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन रबर के बल्कनीकरण में कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है ऑप्शन आपके सामने है वेरियम ऑप्शन बी सल्फर ऑप्शन सी क्लोरिन या ऑप्शन डी ब्रोमिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर दोस्तों याद रखिएगा कि जो रबड़ होते हैं प्राकृतिक रबड़ जो होते हैं वो स्थायित्व नहीं होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं उनमें रबड़ की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है तो इनका वल्कनीकरण किया जाता है जिससे इनकी स्थायित्व की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है और इसके लिए उसमें सल्फर मिलाया जाता है याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन किस हिमालय पर सबसे अधिक पर्यटन स्थल है ऑप्शन आपके सामने है ट्रांस हिमालय ऑप्शन बी हिमाद्री ऑप्शन सी मध्य हिमालय या फिर ऑप्शन डी शिवालिक हिमालय इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मध्य हिमालय दोस्तों तो याद रखिएगा कि सबसे अधिक पर्यटन स्थल यानी कि सबसे अधिक घूमने के स्थल जो है वो मध्य हिमालय में है अगला क्वेश्चन सत्य फल में निचेचन जो है वो कहां होता है ऑप्शन आपके सामने है पुष्पासन ऑप्शन बी अंडास ऑप्शन सी बढ़ती या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अंडास दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है सत्य फल में निषेचन कहाँ होता है तो अंडाशय में होता है लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है असत्य फल का निषेचन कहाँ पर होता है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा पुष्पासन में दोस्तों दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन मृत्युपरांत भारत भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे ऑप्शन आपके सामने इंदिरा गांधी ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ऑप्शन सी एम एस सुबह हो जाएगा ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारत रत्न सबसे पहली बार मृत्युपरांत किसे दिया गया था तो आपका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री अगर आपसे पूछा जाता है भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी तो आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी अगर आपसे पूछा जाता है भारत रत्न पाने वाले पहले संगीत के व्यक्ति कौन थे तो एम एस सुबालक्ष्मी और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे तो खान अब्दुल गफ्फार कहाँ थे तो ये चारों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार पूछा जाता है याद रखिएगा अगला क्वेश्चन हरा सोना किसे कहा जाता है ऑप्शन आपके सामने है कपास ऑप्शन बी जूट ऑप्शन सी धान या फिर ऑप्शन डी चाय इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चाय दोस्तों हरा सोना चाय को कहा जाता है अगर आपसे पूछा जाता है सफेद सोना किसे कहा जाता है तो कपास को कहा जाता है और अगर आपसे पूछा जाता है ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है तो जूट को कहा जाता है अगला क्वेश्चन चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है ऑप्शन आपके सामने है नाइट्रोजन ऑप्शन बी ऑक्सीजन ऑप्शन सी हीलियम या फिर ऑप्शन डी ऑर्गन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन दोस्तों चिप्स के जो पैकेट होते हैं आप जो चिप्स खाते हैं उसमें जो नाइट्रोजन गैस भरी होती है ये चिप्स को कुरकुरा रखते हैं और उनको खराब होने से बहुत दिनों तक तो खराब होने से बचाते हैं तो याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस होती है तो आपका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन अगला क्वेश्चन इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है ऑप्शन आपके सामने है लाल ऑप्शन बी हरा ऑप्शन सी नीला या फिर ऑप्शन डी बैगनी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बैगनी दोस्तों याद रखिएगा कि आर जी बी यानी कि रेड ग्रीन और ब्लू यानी कि लाल हरा और नीला ये तीन कलर जो है वो प्राथमिक रंग है बाकी जो बैगनी रंग यहाँ पर दिया गया है वो प्राथमिक रंग नहीं है अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को कब अपनाया गया था ऑप्शन आपके सामने हैं 24 जनवरी 1950 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर उन्नीस को ऑप्शन सी 14 सितंबर उन्नीस को या फिर ऑप्शन डी 22 जुलाई उन्नीस को इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 22 जुलाई उन्नीस को दोस्तों तो भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है इस तिरंगा है इसको 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था अगर आपसे पूछा जाता है भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है इसके लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है तो आपका आंसर हो जाएगा तीन अनुपात दो है और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है इसमें कितने रंग है तो आप कहेंगे कि भारत के राष्ट्रीय तिरंगे में मुख्यतः तीन रंग है केसरिया सफ़ेद और हरा अगर आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जो प्रारूप है किसने तैयार किया था तो आपका आंसर हो जाएगा पिंगली बैंकयानी अगला क्वेश्चन इंसुलिन के अति से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने ऑप्शन ऑप्शन बी सी स्कर्बी या फिर ऑप्शन डी मरास्मस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों अग्नाशय जो अग्नाशय से जो इंसुलिन निकलता है इसके अति स्त्रापिक निकलने से हाइपोग्लाइसीमिया रोग हो जाता है अगर आपसे पूछा जाता है कि न्यूमानो काशिस रोग किनको होता है तो याद रखिएगा कि कोयला उद्योग में काम करने वाले लोगों को न्यूमानो काशिस रोग हो जाता है अगर आपसे पूछा जाता है स्कर्वी रोग किनको हो जाता है तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और याद रखिएगा कि जो प्रोटीन है प्रोटीन की कमी अगर एक साल से कम उम्र के बच्चों में हो जाती है उनमें मरासमस रोग हो जाता है अगला क्वेश्चन निम्न में से वायु प्रदूषण संकेतक कौन सा है ऑप्शन आपके सामने अशोक ऑप्शन बी लाइकेन ऑप्शन सी कवक या फिर ऑप्शन डी शैवाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकेन। दोस्तों याद रखेगा कि अगर बायोमंडल में प्रदूषण होता है तो जो लाइकेन है वो अपना कलर चेंज कर देते हैं जिससे पता चल जाता है कि यहाँ का जो वायु प्रदूषण यहां पर है और उसका पता इससे लग जाता है अगला क्वेश्चन इनमें से कहां पर कुंभ का मेला नहीं लगता है ऑप्शन आपके सामने प्रयागराज ऑप्शन बी हरिदौर ऑप्शन सी नासिक या yeah, फिर ऑप्शन डी भोपाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भोपाल दोस्तों तो याद रखिएगा कि भारत में चार जगह कुंभ का मेला लगता है जो कि प्रयागराज नासिक हरिद्वार और उज्जैन में लगता है भोपाल में नहीं लगता अगला क्वेश्चन नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है ऑप्शन आपके सामने एसिडिक अम्ल ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल ऑप्शन सी नाइटरिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के दौरान देना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए साथ ही साथ आज का वीडियो